फर्क यह नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं फर्क यह पड़ता है कि जितने सफल हो सकते थे उतने सफल हैं कि नहीं देखिए अगर आप एक हजार तक पहुंच सकते थे और पचास तक पहुंच के ही खुश हैं यह देखकर कि सामने वाला दस पे है अगर आप 1000 तक पहुंच सकते थे और 50 तक पहुंच के खुश हैं ये सोच के कि सामने वाला 10 दस्व है तो आप दोस्त बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ पहुंचने की ताकत का इस्तेमाल आपको मुझको करना होगा मेरा सवाल है आपसे वो कहते हैं ऑल लाइफ फॉर्म्स विल रीच टू मैक्सिमम एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स आपको जान के हैरानी होगी जो मैं लाइन आपको बोलने वाला हूँ ऑल लाइफ फॉर्म विल रीच टू मैक्स एक्सेप्ट ह्यूमन बींग दुनिया की सारी प्रजातियां मैक्सिमम तक पहुंचती है आदमियों को छोड़कर मेरा आपसे सवाल है, एक पेड़ कितना ऊंचा जाता है हाउ टॉल इज अ ट्री ग्रो एज टॉल इट पॉसिबल इ कैन एक पेड़ वहां तक पहुंच सकता है जहां तक वो पहुंच सकता है वो वहां तक गहरा हो सकता है जहां तक गहरा हो सकता है उसकी शाखाएं उतनी दूर तक जा सकती हैं जहां तक जा सकती हैं उसकी शाखाओं पर उतने पत्ते आ सकते हैं जितने आते हैं वो उतने फल पैदा करता है जितने पैदा कर सकता है और आप क्या आपने मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच पाए हैं अभी तक तो जवाब आता है ऑल लाइफ फॉर्म्स विल रीच टू मैक्सिमम लिमिट एक्सेप्ट ह्यूमन रोस और रीच तक पहुंचने के लिए जो चीज मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि फंडामेंटल विल नेवर चेंज और वो है गोल्स किसी आदमी ने बोला गोल्स मैं बोलता हूं यस yes. ये तो फ्यूल का, का काम करता है सर और अगर गोल सेटिंग हो जाए तो मैं आपको बता दूं मेरे कल हो सकते हैं गोल कैसे होते हैं इन नाइनटीन सिक्सटी होंडा आपने नाम सुना है होंडा है नेम हॉन्डा होंडा मोटरसाइकिल ने अपना एक गोल सेट किया और मैं आपको जान, बताना चाहूंगा उस गोल की लाइन पंच लाइन क्या थी जानना चाहते हैं उस गोल का पंच लाइन था वी विल डिस्ट्रॉय द कॉम्पिटिशन वी विल डिस्ट्रॉय द कॉम्पिटिशन हम बाजार से सारा प्रतियोगिता ही खत्म कर देंगे। क्या कमाल का गोल है और उस गोल के प्रोसेस में वो क्या हो जाने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट अपने आप को बेहतर किए बिना ये पॉसिबल इन 1970 सेवेंटी नाइकी ने एक गोल सेट किया इन 1970 सेवेंटी नाइकी ने एक गोल सेट किया वो लाइन आपको बताता हूं जो पंच लाइन थी उस गोल की क्रश एदिदास बहुत बड़ा ब्रांड था सत्ता नाइकी ने गोल सेट किया क्रश ग्रोथ बिना गोल सेटिंग के कभी आती नहीं है और मैं आपको बताना चाहूंगा जिन लोगों के गोल्स नहीं है ना वो कहते हैं उनका जिंदगी गोल होता है एंड यू हैव बीन है चास्ट आपको मौका है आज कुछ बड़ा सोचने का आपको मौका है आज कुछ बड़ा कर डालने का देखो वॉट एवर यू डू यू शुड सेट अ बेंचमार्क और नेटवर्क मार्केटिंग से मोहब्बत है तो ही रहिएगा इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग से मोहब्बत नहीं है छोड़ दीजिए कहां जाइए जिस चीज से मोहब्बत है उसमें जाइए लेकिन कोशिश करिए कि जिस बिजनेस में एटलीस्ट टॉप टेन में रहे आप